मैं शनि हूँ मैं सूर्य का पुत्र हूँ तथा यम का बड़ा भाई हूँ यमुना एवं भद्रा मेरी बहनें हैं मेरी माता का नाम छाया है जन्म के पश्चात ही मेरे पिता अर्थात सूर्यदेव ने मेरी माता को और मुझे परित्याग कर दिया मेरा जन्म सौराष्ट्र गुजरात में हुआ है मैं पश्चिम दिशा का स्वामी हूँ मैं घाटियों वन प्रदेशों दुर्गम गुफाओं शमशान कोयला के खान भूमि, मरु प्रदेश आदि में निवास करना पसंद करता हूं। मैं इस ब्रह्मांड में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हूं। मैं पृथ्वी से 1 करोड़ 42 लाख 60 ,00 हज़ार किलोमीटर दूर हूं। मैं सूर्य की परिक्रमा 29 साल 6 माह में पूरा पूरा करता हूं। मेरा व्यास 1 लाख 20 हज़ार 500 किलोमीटर है इस ब्रह्मांड में वायु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सब मेरे ही प्रकोप से होते हैं। हैं मेरी दो राशियां मकर कुंभ। मैं 20 20 अंश अंश तुला राशि राशि में में उच्च का होता मेष में नीच का होता हूँ पुष्य अनुराधा व उत्तरा भाद्रपद मेरे ही नक्षत्र है मेरे पिताश्री पूर्व दिशा के स्वामी हैं तो हम पश्चिम दिशा के स्वामी हैं हम दोनों में छत्तीस का आंकड़ा रहता है मैं गोचर में सूर्य के साथ रहता हूँ तो राजाओं सरकारी अफसरों नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ मेरी आदत सर्वत्र पीछा और पीड़ा पहुँचाने की रहती है मैं अन्य धान्य के भाव बढ़ा देता हूँ मैं वर्षा का अभाव करा देता हूँ मैं दो राजाओं के मध्य युद्ध भी करवा देता हूँ या यूँ कह दो देशों के मध्य युद्ध का भी जन्मदाता मैं ही हूँ जन्म कुंडली में मैं पिता के साथ रहने पर पिता पुत्र की आपस में कभी बनने नहीं देता हूँ मैं रोहड़ी भेदन कर दूं तो पृथ्वी पर 12 वर्ष तक घोर दुर्भिक्षित पड़ता है मेरा शांति इंद्रनील मणि के समान है मैं सिर पर सोने का मुकुट गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्रों को सुशोभित करते रहता हूँ मैं अपने हाथ में धनुष बाढ़ त्रिशूल और बाढ़ मुद्रा धारण किए होता हूँ अतः मैं शनि हूँ मेरा रक्षक लोहे का बना होता है तथा मेरा वाहन गिद्ध पक्षी है मेरा गोत्र कश्यप है और मेरे गुरु साक्षात महाकाल शिव हैं मेरे अभिन्न मित्र काल भैरव अर्थात बालाजी हैं मेरे त्रि जो है मेरे तीन प्रिय जो नक्षत्र थे पुष्य नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जब मैं तुला राशि में विचरण करता हूँ तो उच्च का कहलाता हूँ और मेष राशि में विचरण करने पर मैं नीच का कहलाता हूँ मैं एकांत गंभीर दूरदर्शी त्यागी तपस्वी स्पष्टवादी और न्यायप्रिय हूँ मैं कलयुग में बहुत प्रभावित हूँ आज के युग में पेट्रोलियम पदार्थों का पेट्रोलियम पदार्थों का महत्व मेरे ही कारण है मैं धातुओं में लोहा हूँ इस्पात खनिज फैक्ट्री कल कारखाने रसायन चमड़ा व्यापार आदि का स्वामी मैं ही हूँ आप जो तेल खाते हैं जो गाड़ी आप वाहन चलाते हैं या जो वाहनों में आप तेल जो है डलाते हैं वो सब मेरी कृपा से ही आपको मिल रहा है कोई अपने घर या परिवार या समाज में किसी वृद्ध को जब भी सताता है तो समझ लीजिए कि वो मुझे ही सता रहा होता है जब मैं सताया जाऊंगा तो समझ लीजिए कि आप पर आफत आने वाली है दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती है इस आफत से केवल मैं ही बचा सकता हूँ मेरा ये ध्येय वाक्य है कि आप किसी को ना सताओ यदि आप बुज़ुर्गों की सेवा करोगे मज़दूरों की सेवा करोगे लेबर क्लास की सेवा करेंगे तो मैं प्रसन्न रहता हूं और जब मैं प्रसन्न रहता हूं तो मैं रंग से राजा बना दूंगा और जब मैं कुपित हूँगा तो मैं तुमको राजा से रंग बना दूंगा मैं सत्ता का भोग भी तुमको दिलवा सकता हूँ मुझको सरसों का तेल अति प्रिय है मैं कसी एवं कड़ोई इन चीज़ों का स्वाद बहुत पसंद करता हूँ मेरे मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप लोग 40 दिनों तक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ 41वें दिन आपकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा तथा सभी प्रकार के कष्ट भी दूर करूंगा मुझ पर विश्वास रखिए मेरे यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है जो गरीबों व अन्य विभिन्न व्यक्तियों की सेवा करेगा तथा वृद्ध आश्रम में उचित दान देगा उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी ऐसा व्यक्ति एक बार जो धन एकत्र कर लेगा उसका धन आसानी से खर्च नहीं करने दूंगा वह व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान रहेगा मैं शनि हूं, अच्छे के लिए अच्छा तथा बुरे के लिए बहुत ही बुरा हूं। मेरी अवहेलना जो करेगा उसका मैं कभी भला होने नहीं दूंगा मैं सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह हूं मेरी कृपा दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता मेरी ढैया साढ़े साथी जिसके ऊपर लग जाती है वो वही व्यक्ति समझ सकता है न्यायालयों में जो जज न्याय वक्ता वकील हैं इन पर मेरा अधिपत रहता है मैं सबको न्याय देता हूँ मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करने देता हूँ अतः मैं शनि हूँ तो दर्शकों उम्मीद करते हैं शनिदेव का इस तरीके से विश्लेषण आपने पहली बार सुना होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा यदि इस विश्लेषण को आपने पसंद किया है तो आप लोगों को शनिदेव की सौगंध है इस विश्लेषण को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जम कर शेयर करिए फेसबुक पेज पर जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त और न्याय के ग्रह शनि को समझिए एक नए तरीके से यही हमारा टॉपिक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये विषय पसंद आया होगा दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार